फ्लुइड्स की परिभाषा समझने के बाद और लिक्विड्स और गैसेस के कंप्रेसिबिलिटी तत्व को समझने के बाद आइए लिक्विड्स और गैसेस के बारे में और जानकारी प्राप्त करें आइए गैसेस को समझते हैं गैसेस और लिक्विड्स जिन्हें हम फ्लुइड्स कहते हैं उनमें से हम पहले गैसेस को देखते हैं फिर हम लिक्विड्स को समझेंगे आइए हम गैसेस की कुछ विशेषताएँ देखें गैसेस में हम जैसे जानते हैं आइडियल गैसेस जो कि आइडियल गैस सिद्धांत का पालन करती है और आइडियल गैस सिद्धांत एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो कि PV इज इक्वल टू आर है जब मैं यह कहता हूँ कि वह इक्वेशन ऑफ स्टेट का पालन करती है उसका मतलब है और गैस के मूल सिद्धांतों का भी पालन करती है जो कि है बॉयल सिद्धांत जो कहता है कि पीवी तब स्थिर है जब टेम्परेचर स्थिर है फिर चार सिद्धांत और जूल सिद्धांत जो कहता है थर्मल ऊर्जा केवल टेम्परेचर का फंक्शन है यह बहुत साधारण गैस सिद्धांत है साधारण गैस सिद्धांत पर आधारित हमारे पास गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है और दिए हुए प्रेशर और टेम्परेचर स्थिति के लिए हम गैस के सभी गुण जान सकते हैं इसलिए पहले मुझे पता है कि एक विशेष थर्मोडाइनमिक स्टेट स्पेस विशेष प्रेशर और टेम्परेचर पर है मुझे उस सिस्टम के सारे गुण पता लग सकते हैं अब अगर मैं आदर्शता से परे विचार करूँ मेरे पास वास्तविक गैस होगी जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत कम टेम्परेचर पर होगी आइए हम वास्तविक गैसेस देखें जो कि हमें पता है कि आइडियल गैस सिद्धांत का अनुकरण नहीं करती और इसीलिए हमारे पास है रियल गैस सिद्धांत जटिल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास पहले थी इक्वेशन ऑफ स्टेट और कुछ जटिल इक्वेशन ऑफ स्टेट थी जैसे कि हमारे पास है वैंडोवाल्स हमारे पास है बेथलॉट हमारे पास है रेडलिच क्वांग बेटी ब्रिजमैन डी डब्ल्यू आर स्ट्रोब्रिज बहुत सारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो वास्तविक गैसों के गुणों को जोड़ती है तो फिर से दोहराता हूं कि अगर मुझे आदर्श गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो मुझे उनके सारे गुण मिल सकते हैं उसी तरह अब अगर गैस वास्तविक गैस है तो वह आदर्शता से परे है फिर भी वास्तविक गैस इक्वेशन का उपयोग करके मैं उसके सारे गुण प्राप्त कर सकता हूं इस तथ्य के बावजूद गैस एक वास्तविक गैस है अब हम लिक्विड्स की ओर बढ़ते हैं यह खेद है कि लिक्विड्स के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं है तो गैसेस के लिए हम आइडियल गैस सिद्धांत या रियल गैस सिद्धांत का उपयोग कर उनके सभी गुण कंप्यूट कर सकते हैं पर लिक्विड्स के लिए कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट उपलब्ध नहीं है और यह दो फ्लूड्स लिक्विड्स और गैसेस के बीच का महत्वपूर्ण अंतर है तो मैं लिक्विड के गुण कैसे प्राप्त करूं अगर मुझे कुछ गुण पता है जैसे प्रेशर और टेम्परेचर तो मैं दूसरे गुण जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी इत्यादि कैसे हासिल करूंगा तो इस प्रकार मैं बहुत सारे प्रयोग कर सकता हूं तो लिक्विड्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ मूलतः प्रयोगी डेटा है तो मैं अलग अलग महत्वपूर्ण स्थितियों में प्रयोग करता हूं महत्वपूर्ण प्रेशर्स महत्वपूर्ण टेम्परेचर्स पर डेटा संगठित करता हूं तो मैं उदाहरणत पानी लूंगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्थात कुछ महत्वपूर्ण टेम्परेचर पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रेशरों पर जैसे 1 बार एटमोस्फेयरिक प्रेशर 10 बार इत्यादि और हम इन स्थितियों में सब गुण प्राप्त करेंगे एक बार इन स्थितियों में डेटा प्राप्त कर ली जाए तो हम गुण संबंध का उपयोग करके मध्यान्तर वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं थर्मोडाइनेमिक्स में हमें बहुत सारे गुण संबंध उपलब्ध हैं जैसे उदाहरणत्त मैक्सवेल गुण संबंध ऐसे गुण संबंध और प्रायोगिक डेटा का उपयोग करके मैं इंटरपोलेशन का उपयोग कर दूसरी स्थितियों का लगभग डेटा प्राप्त कर सकता हूँ मैं जितने ज्यादा प्रयोग करूंगा मुझे उतनी ज्यादा डेटा प्राप्त हो सकती है पर मैं सभी स्थितियों पर प्रयोग नहीं कर सकता तो गैसेस और लिक्विड में महत्वपूर्ण अंतर है कि लिक्विड की स्थिति में मुझे वास्तविक डेटा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करने होंगे जबकि गैसेस की स्थिति में मुझे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है इस भूमि के, और और के बीच इस्तेमाल दिखाऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, में फ्लूड्स के कई इस्तेमाल है और जब मैं फ्लूड्स कह रहा हूँ मेरा संबंध गैसेस और लिक्विड से है तो अलग अलग इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में है हमारे पास पेट्रोल और डीजल है स्पेस में ईंधन है जो कि लिक्विड तौर पे है और गैसेस भी हो सकता है और जैसे हमारे पास एयर कंप्रेसर स्टीम टरबाइन बिजली के पानी पंप हैं तो ठीक है ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अनेक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन हैं जो मूलतः फ्लूडों पर निर्भर हैं और इसीलिए फ्लूड्स के गुणों के अधीन हैं अगर मैं एक कंप्रेसर डिजाइन करता हूं तो मुझे फ्लूइड के गुण पता होने चाहिए मूलतः हवा के गुण और वह भी वो प्रेशर्स और टेम्परेचर के लिए जिसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ और इसी कारण हमें फ्लुइड्स के सारे इस्तेमाल पता होने चाहिए क्योंकि हमारे उपकरण उन्हीं गुणों के डेटा के लिए डिजाइन किए जाएंगे उसी तरह हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जहाँ रेफ्रिजरेटर है जो कि लिक्विड हो सकता है या गैस के रूप में हो सकता है फिर नाइट्रोजन देवरस है जहाँ लिक्विड नाइट्रोजन रखा जा सकता है हमारे पास हीलियम बलून है हमारे पास एयर कंडीशनर है जहाँ जहाँ रेफ्रिजरेंट की मुख्य भूमिका है तो यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड्स के अलग अलग इस्तेमाल हैं। अगर आप यह यंत्र बनाना चाहते हो तो आपको अलग अलग प्रेशर्स और टेम्परेचर पर फ्लूड के गुणों की जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए इस विषय का इन अनेक यंत्रों के डिजाइन संबंध में महत्व है तो इस परिचयात्मक लेक्चर में हमने क्या देखा हमने समझा कि लिक्विड्स और गैसेस फ्लो हो सकते हैं और इसी कारण उन्हें फ्लूइड कहा जाता है या फिर फ्लूइड परिभाषा लिक्विड और गैसेस के कारण है क्योंकि वह फ्लो हो सकते हैं और सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते इसीलिए उसे फ्लूड कहा नहीं जा सकता गैसेस को दबाया जा सकता है जबकि लिक्विड्स और सॉलिडों को दबाया नहीं जा सकता हमने आइडियल गैसेस और लिक्विड्स के बीच की भिन्नता भी देखी आदर्श और वास्तविक गैसों के लिए दशा की इक्वेशन है जबकि लिक्विड के लिए कोई दशा की इक्वेशन उपलब्ध नहीं है और हमने इंजीनियरिंग फ्लूड के अलग अलग इस्तेमाल देखें